मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है कांगला फोर्ट कभी यह राज्य की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी यह पूरा क्षेत्र करीब 238 एकड़ में फैला है यहाँ किले का शाही दरवाजा चीनी वास्तुकला से प्रभावित नजर आता है कांगला 2004 तक असम राइफल्स के नियंत्रण में था इसके मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर आगे ईट से बने दो विशाल ड्रैगन है जिसे मणिपुरी भाषा में शा कहते हैं थोड़ा आगे बढ़ने पर श्री श्री गोविंद जी मंदिर है यह मंदिर भगवान गोविंद और राधा को समर्पित है इस मंदिर के सामने का नजारा अपने आप में अद्भुत है यहाँ दाहिने और बाईं ओर दो ऊंचे किले हैं, जिसकी वास्तुकला एक जैसी है इन दोनों किलों के बीच और श्री श्री गोविंद जी मंदिर के ठीक सामने ईट के बने कई पिलर है जो इस परिसर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। कांगला फोर्ट परिसर में ही वृंदावन मंदिर भी है इसे युवराज टिकेंद्रजीत के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है राजकुमार टिकेंद्रजीत एक महान योद्धा थे मणिपुरी सेना के कमांडर रहते हुए उन्होंने महल क्रांति शुरू की थी जिसके कारण 1821 में अंग्रेजों और मणिपुरियो के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ कांगला शाह के पास ही स्थित है है। सानमही सानमही मंदिर। मंदिर मंदिर यह सूर्य को समर्पित है। मंदिर से सटा कांच से निर्मित एक भवन है जिसमें राजसी नाव रखी गई है फोर्ट परिसर में एक संग्रहालय भी है जिसे कांगला संग्रहालय कहा जाता है यहाँ संपूर्ण किला परिसर क्षेत्र की प्रतिकृति देखी जा सकती है यहाँ राजशाही की गौरव गाथा के अलावा कई ऐतिहासिक दस्तावेजों को सहेज कर रखा गया है यदि देखा जाए तो इम्फाल का कांगला फोर्ट वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक संख्या में स्थानीय और देसी विदेशी पर्यटक पहुँचते हैं